हाय फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके सामने पी आर सी जो आज मैं आया हूँ अपने आप आज का ब्लॉग लेके धर्मपुर की नवाबों की बनी भी मस्जिद धर्मपुर के नवाबों की बनी भी मस्जिद में लेके आया हूँ सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पूरा देखें और ये देखें कि पहले के टाइम में नवाब लोग किस तरीके की मस्जिद बनवाते थे अपनी जनता के लिए वहाँ के लोगों के लिए किस तरीके की मस्जिदें हुआ करती थीं उन मस्जिदों को देखिए इतने पुराने टाइम के बुज़ुर्ग भी हैं वहाँ पे जो लगभग अच्छी खासी उम्र है जो वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ाते हैं और इस मस्जिद को देख के आपको यह लगेगा कि छोटे छोटे गांव या कस्बों में भी इस तरीके की मस्जिदें होती हैं तो वहाँ पे प्रेम भाव और भी मोहब्बत बढ़ती है और मस्जिदों में कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता जिससे कि लोग बाग की धर्म या हिंसा के आगे बढ़े सिर्फ़ मोहब्बत सिखाई जाती इन मस्जिदों में और इसलिए पिछले के टाइम में नवाब लोग या अदरवाइज और भी लोग मस्जिदों के लिए आगे से आगे खड़े हुआ करते थे इसमें हर तरीके के आदमी आते हैं और अपने लिए दुआएं भी करवाते हैं या बच्चों को हारी बी हमारी कोई परेशानी भी होती है तो जो मौलाना होते हैं माँ के उन मौलानाओं से दुआ करवाते हैं अपने बच्चों के लिए तो फ्रेंड मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ये देखें नवाबों की मस्जिद को सो तो थैंक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ये देखिए ये यहाँ के मौलाना भी बैठे हैं इस मस्जिद में जो काफ़ी उल्डूब हो चुके हैं और ये मस्जिद है ये देखिए कितनी पुरानी टाइम की बनी हुई है मस्जिद है यहाँ की विंडो भी देख सकते हैं ये आप किस तरीके की बनी हुई है और अभी मैं ये मौलाना को और देखिए ये मौलाना है यहाँ के काफ़ी एजिड हैं काफ़ी उम्र है मौलाना की और देखिए और मैं अभी आप आपको वीडियो में अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके की बनी हुई है यहाँ के टेल्स और डिज़ाइन ये जैसे यहाँ के दिन इस टाइप की खिड़कियाँ होती थी उस टाइम में और ये पीछे की काफ़ी पुरानी दीवारें जैसे कि पुराना किला जो होता है किले के, के अंदर जो दीवारें होती हैं उसी टाइप की दीवार है किला है और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जहाँ तक है वहाँ तक दिखाने की कोशिश करूँगा अगर इस किले के इसके इसके इस पीछे किला भी है जो नवाबों का किला है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में अभी मैं आपको वज़ु खाने की तरफ ले जा रहा हूं तो यहां का वज़ु खाना भी देखिएगा ये मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा है मेन दरवाज़ा है जो अभी आप देख रहे थे और ये यह पे एक कमरा दिया गया है फिर काफ़ी ऑडो हो चुका है तो इस कमरे को ख़ाली कर दिया गया है रिपेयर के लिए और इस मस्जिद को देख सकते हैं काफ़ी छत्तीसगढ़ से हो चुका है टूट चुका है मस्जिद ये काफ़ी तो इसको रिपेयर भी कराया जाएगा ये देखिए यहाँ की टेस्ट पुराने टाइम में इस तरीके की हुआ करती थी और चूने की बनी हुई हैं जो आज के टाइम में नहीं बन सकती और इस टाइप में नहीं बना सकते और मालूम है कितना टाइम पुरानी ये मस्जिद है वैसे बताया जाता है कि कम से कम 200-300 साल पर पुरानी ये मस्जिद है लगभग और हो सकता है भी पुरानी वो मस्जिद ही है क्योंकि नवाबों के टाइम की मस्जिद है ये देखिए यहाँ का ये वज़ु है इस टाइम पे पानी की सुविधा नहीं हुआ करती थी जैसे समर्ट चलते हैं या और भी लाइट की सुविधा तो इस तरीके से यहाँ पर हेडपम्प हुआ करते थे यहाँ हाथ से पानी खेस के पानी बढ़ के गजुआ कर किया करते थे देखिए इस तरीके की ये वजू खाना बनाए ये यहाँ का वॉशरूम है गुसलखाना है मसल यहाँ के लगी हुई हैं काफ़ी ओल्ड हैं और मजदूर भी हैं ये देखिए है। यहाँ की टंकिया हुआ करती इसमें पानी डाला कर देते थे तो इस तरीके से थोड़ा पानी निकलता था यहाँ मजदूर भी हैं फ्रेंड मैं आपको चला के भी जाता हूँ इसमें पानी अभी आता है माशाल्लाह इतना पुराना हो चुका है फिर भी पानी आता है इसमें देखिए फ्रेंड देखिए देखिए पानी आ रहा है दीवारें भी काफी तो और लोग वैसे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ लोग जो गंदे किस्म के लोग होते हैं यहाँ भी आके अपनी धर्म के बारे में आस्था